हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मैं रितिका आज आप सभी के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ एकदम चीज़ी क्रंची गार्लिक ब्रेड देखिए चीज़ कैसे पुल हो रहा है जो बच्चों को तो पसंद आएगी ही साथ में बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी इसके लिए कोई ज़्यादा हमें सामान भी नहीं चाहिए और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है तो चलिए इस देखते इसकी रेसिपी क्या है चीजी गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें गार्लिक बटर रेडी करना होगा इसके लिए मैं आठ से दस कलियाँ ले रही हूँ लहसुन की और उनको अच्छे से पीस लिया है आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं बट जो हम ऐसे करते हैं उससे हमें जो गार्लिक के चंक्स आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं अब हम एक पैन लेंगे उसमें डालेंगे एक चम्मच ऑइल ऑयल को थोड़ा गर्म होने दें और अब हम उसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच बटर जब बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो अब हम उसमें ऐड करेंगे चॉप जो हमने गार्लिक रेडी किया था वो और गार्लिक और बटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो तीन मिनट के लिए गार्लिक को बटर में कुक होने दें और अब ऐड करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स थोड़ा सा औरगैनो आधी छोटी चम्मच काली मिर्च और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गार्लिक का फ्लेवर आ चुका है हमारे बटर में अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हमारा ये गार्लिक बटर रेडी है अब दो तीन हरी मिर्च कट कर लेते हैं ये देखिए मैं हरी मिर्च कैसे कट कर रही हूँ एकदम डायग्नली मैंने इन्हें राउंड नहीं कट करा है बस इसलिए ताकि अच्छी लगे उस पर गार्लिक ब्रेड पे और पिज़्ज़ा हाट वाला जो लुक है हमारा गार्लिक ब्रेड का वो आ जाए वहाँ पर भी ऐसी डायग्नली जो हमें है हरी मिर्च मिलती है ना अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्रोसेस चीज़ और मोजरेला चीज़ मैंने दोनों को कॉम्बिनेशन लिया है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब एक बेकिंग ट्रे लेंगे और उस पर हमारी गोल वाली राउंड स्लाइसेस रखेंगे अगर आपको ये राउंड स्लाइसेस नहीं मिलती तो आप क्या कर सकते हैं जो हमारा बर्गर बन आता है उसको सेंटर में से कट कर सकते हैं और जो उसका टॉप पार्ट है उसको रिमूव करके उसके बर्गर बन से दो हम जो है राउंड वाली ब्रेड बना सकते हैं अब हम इस पर थोड़ा सा गार्लिक बटर लगा देते हैं अच्छे से अप्लाई करना है गार्लिक बटर मैं यहाँ पर आपको दो तरीके से बताऊँगी कि गार्लिक ब्रेड हमें कैसे बना सकते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें अब हम थोड़ा सा जो हमने चीज़ रेडी किया था वो अप्लाई कर देंगे सारे हमारे जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उन पर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ जो हमने ब्यूटीफुली कट करी हैं थोड़े से अनियंस लगा देंगे हम अपने ब्रेड स्लाइसेस पर अब चिली फ्लेक्स और ऑर्गेन स्प्रिंकल कर देते हैं मैंने अवन को दस मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है दो डिग्री सेल्सियस पर ब्रेड के कॉर्नर्स पर थोड़ा बटर अप्लाई कर देंगे और अब हम इसको बेक करेंगे पाँच से सात मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर याद रखें दोनों रॉड्स ऑन होना चाहिए और मिडल रैक पर बेक करेंगे अब हम सेम पैन लेंगे जिस पर मैंने जो हमारा गार्लिक बटर है वो रेडी किया था और हमारे ब्रेड स्लाइसेस रख देंगे और सेम प्रोसेस जो हमने अभी किया है पहले बटर लगाया फिर चीज़ और फिर वो चिलीज लगाएँगे और थोड़े से आनियन्स थोड़े से ऑलिव्स लगाए हैं मैंने इन ब्रेड्स पर चिली फ्लैक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और अब इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे पाँच मिनट के लिए कुक करेंगे हमारे अवन वाले ब्रेड रेडी हैं आफ्टर फाइव मिनट्स देखिए एकदम क्रंची बने हैं ये हमारे जो पैन वाले ब्रेड थे इनका भी अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गया और ये बनकर रेडी हैं। तो चलिए सर्विंग की ओर चलते हैं ये देखिए हमारे गार्लिक ब्रेड कितने अच्छे बने हैं और हमारा जो चीज़ फूल है वो कितना अच्छा हो रहा है खाने में भी बहुत टेस्टी बने हैं